म्यूजिक डायरेक्टर टीचिंग नीतिश राज मंगुराज नवादा जा के राजा बच राज तबे तो पदे हो बचूम राजा सरिया पर मंगुरा नवाता मंगुरा नंगुरा तो ना के प्रयाली के पे आई राजा के आई राजा सरिया परिया तबे तो दे राजा सड़िया पर